दो छेड़खानी कुछ भी करी कर दिया साइड साइड में गया ये, इस में इस ये हाँ, हाँ तो तो तो दो तो नहीं, नहीं।, नहीं। ले बैटरी दी बैटरी बैटरी बैटरी पकड़ा एक ही ही है नाग कोबरा कोबरा लड़की नहीं डेथ होगी उसकी सांप वो ही के डर <laughs> तो लगा है जी साम भी डरा इस चलो है? वो कर दिया ना, गर्म ना गया। बड़ा और गया हो? खतरनाक उरी पशुओं की तुड़ी अर उत मारना उना सेला था तो दोस्तों हम पहुंचे हैं जिला करनाल और गांव काछवा और इस गांव में अभी कोबरा काटने से कुछ दिन पहले के लड़की की भी डेथ हो गई थी और इस एरिया में कोबरा सांप बहुत ज़्यादा मिलते हैं झुंडला के अंदर तरावड़ी के आसपास पास काछवा गाँव में और नीलोखेड़ी तरावड़ी निसंग ये काफी एक्टिव है यहां कोबरा क्योंकि तो फैक्ट्रियाँ हैं सेलर है गोदाम है तो कोबरा साँप यहाँ बहुत मिलते हैं तो चलिए एक बारिश को थोड़ा सा खुल्ले में लिए चलते हैं बोरा बोरा बोरा ना ऐसा पड़ा उधर खड़ा है बीन बीन बीन ना सुनी नहीं आपने आपने सुना सुनिंगा करूंगा ना इसने नया है बस आपने आप मस्त नहीं आप मस्त हो मस्त हो हो आप असली बीन बीन मस्त मस्त इस ये जाएगा करजदीक लेन पर भी हमला कर दे जिस तरह करेगा देखिए एकदम फन मारेगा बच गया जी ये तो इसका ये नहीं पता कि एक भी महीना दो भी महीने और काट भी ले और काट तो फिर इस तो जी गरीब आदमी का बेहोश हो जाएगा एक घंटे में बेहोश एक घंटे में तो वो बचेगा जो एक घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गया और लेट कर गया तो फिर नहीं बचेगा आवाज रोक दिया बंदे की गाला रुक जाएगा सांस में में में दिक्कत, हो आदमी। बालू काट काट था था, लेडी को मिनट दिया था। उसने भाई बना कुछ नहीं तो दोस्तों ऐसा सांप किसी को भी काटे तो इस चक्कर में ना पड़े भी आप उसको घी पिला दोगे या नीम के पत्ते खिला दोगे या उसको चीरा लगा के मुंह से जहर चूस लोगे या फिर कोई ऐसा कोई मशहूर आदमी हो गई जो चीरा लगा के ब्लेड से चीरा लगा के कट मार के जहर चूसता कुछ भी नहीं चलेगा चलेगा तो सिर्फ वेंटिलेटर यानी कि हॉस्पिटल जो जहर के जहर चूसने से उनको आराम महसूस होता है इनको अभी तो ये बात है जो थोड़ा सा और और सीजनली अगले सीजन में तो तो डबल मोटा और लंबाई बड़ उस टाइम सुनो इसका कितना ही। थी बच्चा तो नहीं है है है है तो इसके लेकिन और भी मोटा हो आगा आगा पता, पता इसके तरीके कैसे उस टाइम लेकिन और भी मोटा दा दा हो जाता है इसके तरीके देखा कैसे लहा का बुआ रहा है, है। रोकना है जो चल महाराज उसमें चल कपड़े के ऊपर भी गुस्सा है कपड़े से से भी मना कर जाने से। कपड़े में तो <पड़ारा> यहां यहां बैठा तो आदमी नहीं नहीं देर लिया हम हम बता दिया यमुनानगर अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र जानते रहा कल कुरुक्षेत्र का पकड़े थे तो दोस्तों इसने बू कर लिया और फिर था नाग और लोगों को जागरूक करें भैया साहब किसी को काटे तो झाड़ के चक्कर में ना पड़ें कोई घरेलू टोटका ना करें जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे लोगों की जान बचाएं और चलिए इसको जंगल में छोड़ देते हैं जल्द ही और अगला रेस्क्यू कॉल आई हुए चलते हैं